डिक्शनरी में अरेस्ट नाम का शब्द है एनकाउंटर जरूर बस बहुत तेरे पति को वो गंबर सिंह बुलाते हैं पुलिस स्टेशन में कई बार सुना मैं जानती हूँ मैं कौन हूं धर्मेंद्र प्रोडक्शन हीरो। नंबर वन एकदम सही बात बोला रे तू तुम्हारी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया है है। अभी-अभी भट्टी से निकले तलवार जैसा है चीर कर दिल में घुस गया हमारे सामने उसके खड़े होने की औकात नहीं जाकर बात करो बाकी हम संभाल लेंगे तेरी गन में बुलेट नहीं है बिना बुलेट की गन से भेजा उड़ाएगा कैसे मैं पुलिस वाला और सजा देने के लिए पैदा तुम मुझसे बदतमीजी करता है रहम के लायक हरे ओम नॉट अंगी साले तू तो हम सड़ के बात कर रहा है बे? हम डर का डेफिनेशन है कोई ड्यूटी के आड़े आए तो मैं चुप नहीं बैठा तो सवाल अगर मेरे प्यार का हो तो सोचो उसका क्या हाल धूप के रख दूंगा आ, आ, आ, आ,